करता हूं। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि एन ने आपका नया टाइम टेबल शेड्यूल जारी किया हुआ है ये किन कैंडिडेट्स के लिए है ये जो नया टाइम टेबल है ये सेशन दो हज़ार बीस बाईस इक्कीस तेईस के कैंडिडेट्स के लिए ये नया टाइम टेबल जारी किया गया है अब हम इसमें जानेंगे पूरी जानकारी क्या बताई गई है ये जो लेटर जारी किया गया है ये जारी किया गया है 25 मार्च 2022 को अब हम देखेंगे इस लेटर में क्या चीज़ें बोली गई हैं अब एक एक पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट में दिया हुआ है जी ई शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन फॉर सेशन दो हजार बीस सेकेंड ईयर सेशन 2021 हज़ार फर्स्ट ईयर एंड सेशन इक्कीस बाईस वन ईयर पब्लिक सिक्स मंथ कोर्स मतलब सेशन 2020-22 जिन कैंडिडेट्स ने 2020 में एडमिशन्स लिया हुआ था और उनकी ट्रेड दो साल की है और उनका जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा इसके बारे में बताया गया और जिन कैंडिडेट्स ने 2021 में एडमिशन लिया हुआ है और 2023 में उनका सेशन क्लोज होगा 21 तेईस के फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है एंड 21 बाईस मतलब वन ईयर की ट्रेड में जिन कैंडिडेट्स ने 2021 में एडमिशन्स लिया गया है लिया हुआ है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए यहां पर ये टाइम टेबल का शेड्यूल जारी किया गया है अब हम इसमें देखेंगे पूरी चीज़ें इन रिफ्रेंस टू मीटिंग विद द स्टेट प्रिंसिपल सेक्रेटरीज चेयर बाई द सेक्रेटरी एम एस d on 10th march 2022 it has been decided to complete the second year of the second year course 2020-22 first year of two year course 2021 to 23 and one year course 2021-22 by 31st july 2022 and six month course by 13 जून 2022 हज़ार बाईस ऑन आर्डर रिज्यूम टू द नॉर्मल एकेडमिक सेशन फ्रॉम सितंबर 2022 ऑनवर्ड्स। अब हम देखेंगे एकॉर्डिंगली फॉलोइंग इन द टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल अब हम एग्ज़ाम शड्यूल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे पूरी चीज़ ये जो सलेबस है अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वन ईयर कोर्स ऑब्लिक टू ईयर कोर्स फर्स्ट ईयर ऑब्लिक सिक्स मंथ कोर्स ये जो स्लेवर्स है ये वन ईयर का है अब हम देखेंगे ये जो स्लेवर्स वन ईयर वाले कैंडिडेट्स के लिए है वन ईयर सिक्स मंथ इसमें क्या चीज़ें बोली गई हैं फोटो वेरीफिकेशन बाई कैंडिडेट्स टेंटेटिव डेट्स है 15 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 क्या दिया है रिमार्क में जनरेटेड डमी हॉल टिकट सर्टिफिकेट प्रोफाइल सेकेंड में दिया है प्रोफाइल ग्रीवेंस पोर्टल विल बी ओपन बा फॉर करेक्शन प्रोफाइल करेक्शन टू बी कम्प्लीट बिफोर द टू मंथ्स ऑफ द हॉल टिकट जनरेट इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आखिर ये डमी एडमिट कार्ड है क्या चीज और इस टॉपिक में बताया क्या गया जनरेटेड डमी हॉल टिकट सर्टिफिकेट प्रोफाइल देखिए यहां पे ये बताया गया है कि अब आपके जो एग्ज़ाम हो गए उससे पहले इन्होंने एक इंट्रेक्शन दे दिया है कि प्रोफाइल वेरीफिकेशन बाई कैंडिडेट कि आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए एक डमी एडमिट कार्ड वो इशू करेगा मतलब सैम्पल इशू करेगा जिसमें कि आपकी जो डिटेल होगी जैसे फादर नेम मदर नेम डेट ऑफ बर्थ एसेक्ट्रा अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उस डमी एडमिट कार्ड्स में आप चेक करेंगे और अगर करेक्शन है तो आप प्रोफाइल ग्रीवेंस पोर्टल पर जाके उस करेक्शन को सही करेंगे उस करेक्शन को सही करने की जो डेट दी हुई है कंप्लीट बिफोर टू मंथ मतलब आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे वो अगस्त या सितंबर में होंगे तो आपको ये प्रोफाइल करेक्शन की जो टाइमिंग है टू मंथ्स की दी जाएंगी एग्जाम से पहले ही आप अपने करेक्शन को सही कर सकते हैं जिसकी डेट दी है पंद्रह अप्रैल दो से पंद्रह मई दो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आपको लग रही है कि आपकी प्रोफाइल में किसी तरह कोई करेक्शन हो गई है तो आप पंद्रह अप्रैल से अपनी आईटीआई से संपर्क करेंगे आपका करेक्शन सही होगा नेक्स्ट पॉइंट है रिशोल्यूशन ऑफ प्रोफाइल ग्रीवेंस सोलह मई दो हजार बाईस से तीस मई दो हजार बाईस नोडल आईटीआई। मतलब जो प्रोफाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी उसे नोडल के द्वारा जो अप्रूव किया जाएगा वो सोलह मई दो से तीस मई 2022 तक उसे अप्रूव किया जाएगा नोडल्स के द्वारा नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एफए अटेंडेंस फी मतलब वन ईयर की ट्रेड वालों की दिखा रहा है कि फॉर्मेटिव असाइनमेंट्स अटेंडेंस और फीस किस डेट में यहां पे करी जाएगी 16 जून 2022 से 5 जुलाई 2022 तक एलिजिबिलिटी अपलोड फॉर्मेटिव असमेंट मार्क सेशनल मार्क अटेंडेंस फी पेमेंट सी बी टी एंड प्रैक्टिकल इस डेट में ये आपकी सारी चीज़ें फिल करी जाएंगी नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो दिखा रहा है यहाँ पे 11 सात 2022 से 15 सात 2022 तक प्रैक्टिकल की सेंटर मैपिंग की जाएगी फिर 18 सात 2022 से 22 सात 2022 हज़ार बाईस प्रैक्टिकल एच डाउनलोड मतलब प्रैक्टिकल के हॉल टिकट डाउनलोडिंग होंगे एक आठ 2022 से पाँच आठ 2022 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके कंडक्ट कराए जाएंगे दो आठ 2022 से अठारह आठ 2022 प्रैक्टिकल के मार्क्स जो होंगे वे आपके अपलोड किए जाएंगे किसके द्वारा नोडल के द्वारा नेक्स्ट सीबीटी एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कब आपके एक जून 2022 से छः जुलाई 2022 टेंटेटिव सेंटर मैपिंग की जाएगी और 8 जुलाई 2022 से 12 जुलाई 2022 तक फाइनल सेंटर मैपिंग हो जाएगी 14 जुलाई 2022 से 22 जुलाई 2022 तक हॉल टिकट जनरेट एंड डाउनलोडिंग हो जाएंगे फिर तेईस जुलाई 2022 से 30 जुलाई, जुलाई, जुलाई 2022 सेंटर मैपिंग ग्रीवेंस हो जाएगा 8 जुलाई 8 अगस्त 2022 से 19 अगस्त 2022 के बीच में आपका CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा ये किसके लिए है वन ईयर की ट्रेड वाले कैंडिडेट्स के लिए फाइनल जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया दिया जाएगा 27 अगस्त 2022 को आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और ये किसके लिए था वन ईयर कोर्स मतलब जिन कैंडिडेट्स ने 2000 दो जिन कैंडिडेट्स ने 2021 में एडमिशंस लिया हुआ था और 21 बाईस मतलब वन ईयर की ट्रेड वाले कैंडिडेट्स के लिए टाइम शड्यूल्स है जिनका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा वो 8 अगस्त 2022 से स्टार्ट होगा 19 अगस्त 2022 के बीच में कंप्लीट हो जाएगा रिजल्ट आपका 27 अगस्त 2022 को डिक्लेयर किया जाएगा अब हम आगे देखेंगे टू ईयर कोर्स सेकेंड ईयर मतलब वे जो पूरा शेड्यूल था वह वन ईयर के था अब ये टू ईयर कोर्स वाले शेड्यूल के लिए है अब हम देखेंगे टू ईयर्स वन ईयर्स देखिये ये हो गया टू ईयर्स बीस बाईस और ये इक्कीस तेईस ए भी टू ईयर्स का हो गया अब ये बी इक्कीस बाईस ये वन ईयर का हो गया तो मतलब कि जो अभी ये आपका सिलेबस तो हम बता रहे थे पूरा टाइम शेड्यूल ये वन ईयर के लिए है ट्रेड वन एक साल की है ये उनका पूरा शेड्यूल है अब जो इसके नीचे है ये शेड्यूल टू ईर्स ट्रेड वालों के लिए जिनकी ट्रेड दो साल की है अब ये शेड्यूल उन पर यह लागू होगा मतलब बीस बाईस और इक्कीस तेईस जिनकी ट्रेड दो साल की है उनके लिए लागू होगा सेम वही चीज है प्रोफाइल वेरिफिकेशन बाई कैंडिडेट पंद्रह चार दो से पंद्रह पांच दो सेम वही फर्स्ट वन ईयर की ट्रेड वाला है ग्रीवेंसमीट हाल टिकट प्रोफाइल ग्रीवेंस पोर्टल सेम वही चीज जो फर्स्ट वन ईयर के लिए वही टू ईयर्स वालों के लिए नेक्स्ट रिवल्यूशन ऑफ़ द प्रोफाइल ग्रीवेंस वहां भी सोलह पाँच बाईस थी यहाँ भी तीस पाँच बाईस तक है बाय नोडल के द्वारा अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एफए फॉर्मेटिव असिमेंट अटेंडेंस फीस सोलह छः बाईस से पंद्रह सात बाईस सेम वही चीज़ें जो वन ईयर वालों के लिए यही टू इयर्स वालों के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क सेशनल मार्क अपलोडिंग अटेंडेंस फीस पेमेंट सीबीटी प्रैक्टिकल नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम क्या है यहाँ थोड़ा चेंजमेंट है जो टू इयर्स वाली ट्रेड होंगे इनका आठ सात 2022 से पंद्रह सात 2022 हज़ार तक प्रैक्टिकल सेंटर मैपिंग होगी फिर अठारह सात दो से बाईस सात दो प्रैक्टिकल के हॉल टिकट डाउनलोड होंगे एक अगस्त दो से 5 अगस्त 2022 तक प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे आपके फिर 2 अगस्त 2022 से 18 अगस्त 2022 तक प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड किए जाएंगे किसके द्वारा बाई नोडल नेक्स्ट आज सी बी एग्जाम की देख लेंगे कंटेक्ट 1 छ 2022 से 6 सात 2022 हजार बाईस से टेंटेटिव सेंटर मैपिंग की जाएगी आठ सात 2022 से 12 सात 2022 फाइनल सेंटर मैपिंग होगी 14 सात 2022 से 22 सात 2022 हॉल टिकट जनरेशन एंड डाउनलोडिंग तेईस सात 2022 से तेईस सात 2022 तक सेंटर मैपिंग ग्रीवेंस फिर 20 आठ 2022 से 30 आठ 2022 सीबीटी एग्ज़ाम मतलब 20 अगस्त 2022 से 30 अगस्त 2022 के बीच में आपके सीबीटी एग्ज़ाम कराए जाएँगे रिजल्ट जो आपका होगा फाइनल 10 सितंबर 2022 को आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा टू ईयर्स की ट्रेड वालों का जिन्होंने सेशन दो हज़ार में एडमिशन्स लिया हुआ है ऐसे कैंडिडेट्स की यहाँ पे बात करी जा रही है दो साल की ट्रेड वालों के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, और जिन्होंने 21 में एडमिशन लिया हुआ था इनका जो सेशन क्लोज होगा तेईस में तो अभी जो तेईस है नहीं अभी बाईस है तो मतलब बीस बाईस का जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा उसकी सारी एक्टिविटी यहाँ पे दिखा रहे हैं यहाँ पर ये चीज़ इस तरीके से आपका जो टाइम टेबल शेड्यूल था मैंने आपको सारा क्लियर करा दिया है अगर अब ये वीडियो से अगर कोई भी आपको क्वारी है तो आप कमेंट्स पे जाके कमेंट्स करें मैं इसका आंसर आपको दूँगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक like करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माय पीटबुक